अगर आपकी गर्लफ्रेंड की किसी और के साथ शादी हो जाए मेरा भाई तो बारात में जाने का एक पैग मारने का और